पंचायत मंत्री मंत्री महेंद्र सिंह सिंह सिसोदिया सिसोदिया का भतीजा ये बोलना को को भारी पड़ गया जिन मंत्री को अपना चाचा बता रहा था उन्हीं ने भतीजे पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दे दिए और अब उदय राज पर एफआईआर दर्ज हो गई है जब से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर पद के लोग में ये सिंधिया भक्त बीजेपी की शिवराज सरकार में शामिल हुए हैं तब से कभी खुद तो कभी तथा कथित रिश्तेदार सरकार की मुसीबत बने हुए हैं। शिवराज जी कहीं सरकार बनाने के लालच में ये इम्पोर्ट हुए नेता 2023 हजार तेईस तक आपके लिए कोई बड़ा संकट ना खड़ा कर दे सरकार तो फिर बननी है मगर किसकी भय कोतवाल तो डर काहे का ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा मगर चरित्रार्थ होते कम ही देखा होगा आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक मंत्री के तथा कथित भतीजे ने नशे की हालत में माइक पकड़कर कह डाला सरकार हमारी और हम ही सरकार हैं। पहले सुनिए कैसे सरकार का नशा इंजनाब के सर चढ़कर बोल रहा है सरकार हमारी और हम ही सरकार हैं। तो सुना आपने सरकार हमारी और हम ही सरकार हैं। अब ये सरकार कौन है ये भी जान लीजिए है उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ये जनाब गुना जिले के रहने वाले हैं राजगढ़ क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में पहुंचे थे एक समय सीमा के बाद जब पुलिस समारोह में डीजे बंद करवाने पहुंची तो इन साहब को गुस्सा आ गया शराब के नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया पुलिस को धमकी दे डाली पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भतीजा बैठा है आप बुलाइए टीआई कौन है यहां यही नहीं था मैं ये साहब उफ इतनी गंदी गाली डाली कि हम आपको ना बता सकते हैं और ना सुना सकते हैं खैर फिर बोला बड़बोला शासन है हम हम हैं शासन तुम नौकर हो हमारे बुलाओ कहना उदय राज सिंह सिसोदिया बैठा है यहां लगाओ टीआई को फोन कौन है टी यहां अब सुनिए क्या बोल रहा है ये बड़बोला सिंह सिसोदिया अपने आप को पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भतीजा बताने वाला ये उदयराज सिंह सिसोदिया देखिए कैसे अपनी आई डी बता रहा है कहता है साहब से बोल देना यहाँ फर्जी नहीं है ओरिजिनल है हम ये भी सुनिए साथ से बोल देना, तो बात बात कर गाड़ी और नहीं है ओरिजिनल ओरिजिनल है है, हम, भार्णी भार्णी नहीं है हम एक और एंगल से हम आपको दिखाते हैं कैसे कुर्सी से उचक कर पुलिस वालों को चमका रहा है ये भतीजा हाँ तो बुलाइए आपके टी को बोल दीजिए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का भतीजा बैठा है यहाँ जो उखाड़ना है उखाड़ ले गर्मी में बात करते हैं कल भी आए थे हमारे यहां, एक गुना में मतलब इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है अब इस भतीजे की इस हरकत को भी आप अपनी आँखों से देख लीजिए और कानों से सुन भी लीजिए हाँ तो बुलाइए आपके टी को बोल दीजिए का भतीजा बैठा है यहाँ जो फाड़ खार कोई। एक गर्मी में बात करने, कल भी तो एक हमारे हैं। फेमी सिंह सिसोदिया अपने आप को पंचायत मंत्री सिसोदिया का भतीजा बताता रहा और मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिस अधिकारियों को बुलाने की चेतावनी दे रहा था इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मरता क्या न करता सो पूरे घटनाक्रम पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना पल्ला झाड़ना ही उचित समझा। वक्त की नजाकत भी कुछ ही ही थी। ऐसा पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मामला संज्ञान में आने के बाद राजगढ़ एसपी को तुरंत वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दे डाले साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि उक्त युवक उनका भतीजा नहीं है हालांकि बहुत से परिचित हैं और युवक गुना जिले के कांग्रेसी नेता हेमराज सिंह सिसोदिया सिसोदिया का पुत्र है। ने ये भी कहा कि इस तरह के करने वाला उनका भतीजा भी होता तो भी वो उसकी पैरवी नहीं करते बल्कि वैधानिक कार्रवाई करवाते चचा की फटकार और शासन के डंडे के बाद देखिए कैसे भतीजा लाइन पर आ गया है सुनिए क्या सफाई दे रहा है इस वजह से मैंने अब उसमें आके ये बोल दिया मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहता हूं कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नाम लेके मैंने कुछ गलत बात बोली हो उस वजह से सभी को ठेस पहुंची हो मेरी ओर से तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक